हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे हिमाचल का भौगोलिक स्वरूप से अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सौ से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल का शाब्दिक अर्थ हिमाचल के शाब्दिक अर्थ अर्थात हिम जमा आचल हिमालय के आचल में बसा प्रदेश हिमाचल किस गोलार्ध में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में है हिमाचल किस देशांतर और अक्षांश में स्थित हैं उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित हैं हिमाचल भारत के किस भाग में स्थित हैं उत्तर भाग में स्थित हैं हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित हैं तेईस डिग्री बाईस मिनट से तैंतीस डिग्री बारह मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के पिचहत्तर डिग्री सैंतालीस मिनट से उन्सी डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल भारत का कौन सा राज्य है? अगर केवल हम राज्यों की बात करें तो सत्रवा हैं लेकिन ओवरऑल जो है वो अट्ठारवा राज्य हैं लेह लद्दाख को इंक्लूड करने के पश्चात हिमाचल प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र अवस्थित हैं हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग मील तथा हेक्टेयर में कितना है हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो सैंतीस लाख तीन वर्ग हेक्टेयर हैं और अगर हम वर्ग मील की बात करें तो इक्कीस वर्ग मील हैं लेकिन टोटल अगर हिमाचल के क्षेत्रफल की बात किलोमीटर में करें तो पचपन वर्ग किलोमीटर हैं प्रदेश का भौगोलिक आकार कैसा है हेक्सागोनल हैं या आप देख रहे हैं यहाँ मैप के अंदर इसका जो आकार है वो हेक्सागोनल है यानी षष्टभुजी है हिमाचल पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है हिमाचल का है पचपन वर्ग किलोमीटर किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा हिमाचल के साथ लगती है लद्दाख हिमाचल प्रदेश का पूर्वतम जिला कौन सा है मैप में देखिए किन्नौर हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की अंतरराष्ट्रीय सीमा तिब्बत और चीन के साथ लगती हैं किन्नौर हैं लाहौल स्पीति हैं किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक कितना और प्रदेश का कितना प्रतिशत है लाहौल स्पीति का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और इसका कुल क्षेत्रफल तेरह हजार आठ सौ पैंतीस वर्ग किलोमीटर है प्रदेश का चौबीस प्रतिशत है किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम कितना और प्रदेश का कितना प्रतिशत है अमीरपुर जिला आप यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल एक वर्ग किलोमीटर है और प्रदेश का केवल दो प्रतिशत के लगभग है प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है नब्बे प्रतिशत भाग जो है पहाड़ी है भू विज्ञानियों ने हिमाचल हिमालय को कितने भागों में बांटा है चार भागों में बांटा है आउटर हिमालय वहाँ हिमालय जिसको कहते हैं निम्न हिमालय इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है बृहद हिमालय और साथ में लास्ट में है अल्पाइन खंड प्रदेश की सर्वाधिक सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है ये यहाँ से लेकर के यहाँ देखिए ये पंजाब के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा प्रदेश की लगती है प्रदेश कि जिले के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो किन्नौर के साथ लगती हैं, चीन की प्रदेश के कितने जिले अंतर्राज्य सीमा रेखा पर स्थित हैं नौ जिले हैं शिमला किन्नौर लाहौल स्पीति चंबा कांगड़ा उन्ना, बिलासपुर सोलन सिरमौर कितने जिले अंतर्राज्य सीमा पर स्थित नहीं है जिन्हें लैंडलॉकड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है कुल्लू है मंडी है और हमीरपुर है ये तीन ज़िले हैं कौन से ज़िले की सीमा सर्वाधिक ज़िलों के साथ लगती हैं कांगड़ा के साथ लगती हैं आप यहां देखिए कांगड़ा के साथ चंबा है लाहौल स्पीति है कुल्लू है मंडी है हमीरपुर है और उन्ना है कौन से ज़िले पंजाब के साथ लगते हैं पंजाब के साथ लगता हुआ चंबा है कांगड़ा है ऊना है बिलासपुर है और सोलन है कौन से ज़िले हरियाणा के साथ लगते हैं सोलन है और सिरमौर है कौन से ज़िले उत्तरांचल के साथ लगते हैं सिरमौर है शिमला है और किन्नौर है कौन से ज़िले जम्मू और कश्मीर के साथ लगते हैं चंबा है और लाहौल स्पीति हैं लद्दाख के साथ कौन सा ज़िला लगते हैं लद्दाख के साथ चंबा और लाहौल स्फ्फिति लगते हैं हिमाचल हिमालय को कितने और भागों में कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया गया है हिमाचल हिमालय को बाए हिमालय जिसको आउटर हिमालय कहा जाता है शिवालिक श्रेणी वहाँ स्थित हैं लेसर हिमालय जिसमें कि आपके पास धौलाधार और पीर पंजाल की श्रेणियाँ स्थित हैं और बृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय जिसमें कि जांचकर श्रेणी स्थित है और, और सबसे लास्ट में आपके पास ट्रांस हिमालय अल्पाइन खंड स्थित हैं शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित हैं शिवालिक श्रेणी हिमालय के बाह्य भाग में स्थित है शिवालिक श्रेणी में प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग है शिवालिक श्रेणी में प्रदेश का 35 प्रतिशत भूभाग स्थित है शिवालिक का शाब्दिक अर्थ क्या है शिव की अलकें अर्थात शिव की जटाएँ हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हैं शिवालिक हैं शिवालिक हिमाचल के किस ओर स्थित हैं यमुना के पूर्व से रावी के पश्चिम तट तक जो हैं वो स्थित हैं शिवालिक को प्राचीन भूविज्ञानिक इस नाम से पुकारते थे मैनाक पर्वत शिवालिक श्रेणी की जलवायु कैसी है आर्द्र उष्ण जलवायु हैं शिवालिक श्रेणी में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर यानी 1500 सौ mm से 1800 सौ mm के मध्य शिवालिक श्रेणियाँ प्रदेश के किन जिलों में स्थित नहीं है किन्नौर है लाहौल स्पीति है कुल्लू हैं ये तीन जिले हैं जहाँ पर कि शिवालिक श्रेणी स्थित नहीं है किस प्रकार के फल शिवालिक श्रेणी में उगाए जाते हैं शिवालिक श्रेणी में सिट्रस यानी रसदार फल उगाए जाते हैं कां, कांगड़ा कुल्लू क्यारदा ब्लह नालागढ़ स्प्रून की घाटियाँ किस श्रेणी में स्थित हैं शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित हैं शिवालिक की तलहटी में स्थित घाटियों की ऊँचाई कितनी है तीन से लगभग सात मीटर तक शिवालिक श्रेणी में मृदा अप्रदन से निर्मित गहरे गर्त या याप्रंश को क्या कहा जाता है उन्हें चो कहा जाता है शिवालिक श्रेणी हिमाचल में कहां से कहां तक फैली है शिवालिक शिवालिक श्रेणी हिमाचल में यमुना नदी के पूर्व तट से लेकर रावी नदी के पश्चिम तट तक फैली हुई है शिवालिक श्रृंखला को हिमाचल में कौन सी नदियां काटती हैं शिवालिक श्रेणी को हिमाचल में सतलुज ब्यास रावी चनाव चारों नदियाँ काटती हैं यमुना को छोड़कर के। शिवालिक श्रेणी में किस उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं सोन उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं कौन सी श्रेणी एशिया में जीवाश्मों का सर्वाधिक भंडार स्थित है किस श्रेणी में शिवालिक श्रेणी में शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक खनिज भंडार किसके हैं चूने के पत्थर के एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क किस जिले में और कौन सा है सिरमौर में सुकेती फॉसिल पार्क शिवालिक की सर्वोच्च चोटी कौन सी है शिवालिक की सर्वोच्च चोटी जो है वो हाथीधार है हाथीधार श्रृंखला किन दो जिलों के बीच में स्थित हैं ये कांगड़ा और चंबा के मध्य स्थित है चंबा और जम्मू के रेहलू के मध्य कौन सी श्रृंखला है हाथीधार सिकंदरधार सोलह सिंगीधार रामगढ़ धार नैना देवी धार धाठीधार किस श्रेणी की श्रृंखलाएँ हैं ये शिवालिक श्रेणी की श्रृंखलाएँ हैं सिकंदरधार धार कहाँ स्थित हैं मंडी में और इसकी ऊंचाई 1540 मीटर है सोलह सिंगीधार की कहाँ स्थित हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है सोलह सिंगीधार जो है वो बिलासपुर ऊना और हमीरपुर में स्थित हैं और इसकी जो ऊंचाई है 370 मीटर से 1200 मीटर के मध्य है सोलह सिंगी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है इसकी सर्वोच्च चोटी भारवेन है जो कि उन्ना स्थित है 1200 मीटर शिवालिक श्रेणी में स्थित पालमपुर धर्मशाला व जोगिंदर नगर की जलवायु कैसी है यहाँ की आर्द्र समीतोषण जलवायु है सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है धर्मशाला में होती है दो सौ सेंटीमीटर या 2970 मिलीमीटर शिवालिक श्रेणी कितनी ऊंचाई के मध्य में स्थित है 350 से 1500 मीटर के मध्य शिवालिक श्रेणी की मिट्टी का प्रकार कौन सा है पथरली और चिकनी मिट्टी शिवालिक की तलहटी में स्थित घाटियों का निर्माण किस मृदा से होता है अलिबल सॉयल या औसादी मिट्टी जिसको आप कह सकते हैं दोमट मिट्टी कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करती है शिवालिक पर्वत श्रृंखला किस ओर जाने से प्रदेश की ऊंचाई निरंतर बढ़ती है पश्चिम से पूर्व की ओर और, और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने से प्रदेश की ऊंचाई बढ़ती है हिमाचल में कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला के समानांतर नहीं है पीर पंजाल कौन सी पर्वत श्रृंखला कुल्लू व लाहौल स्पीति से अलग करती है श्रंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला कुल्लू व लाहौल स्पीति को अलग करती है पीर पंजाल हिमाचल के शीत क्षेत्र में किन फसलों को उगाया जाता है स्टोन फ्रूट जिसको आप कहते हैं गोठलीदार फलों को डलहोजी के समय किस कि स्थान पर पीर पंजाल की सुंदरता देखते ही बनती है इसे कहा जाता है ध्यान कुल्लू और मंडी को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है धौलाधार दागनी धार कौनसी पर्वत श्रृंखला का भाग है पांगी दागनी धार किस जिले में स्थित है चंबा में रावी के बाएं कांगड़ा व चंबा में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है हाथीधार हाथीधार किन जिलों में स्थित हैं कांगड़ा व चंबा में चंबा की किस तहसील में हाथीदार अधिकांश भाग पड़ता है भटियात चंबा की प्रदेश की कौन सी नदियां पीर पंजाल श्रृंखला से निकलती है रावी व्यास चिनाव मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है मध्य हिमालय को लेसर हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है मध्य हिमाचल हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं धौलाधार और पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है पीर पंजाल मध्य हिमालय कितनी ऊंचाई के मध्य स्थित है मध्य हिमालय 1500 से 4500 मीटर के मध्य स्थित है ये जिलों के ऊपरी क्षेत्र मध्य हिमालय में पड़ते हैं सिरमौर शिमला मंडी कुल्लू कांगड़ा चंबा ये जिले हैं जिनके अधिकांश ऊपरी क्षेत्र मध्य हिमालय में पड़ते हैं प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग मध्य हिमालय में स्थित हैं लगभग 31 प्रतिशत मध्य हिमालय की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है 180 सेंटीमीटर यानी 1800 मिलीमीटर mm से अधिक कौन सी नदियाँ पीर पंजाल को रामपुर में लारजी को और चंबा को काटती हैं रामपुर में सतलुज नदी लार्जी में ब्यास नदी और चंबा में रावी नदी काटती हैं पीर पंजाल के दोनों ओर कौन सी नदियां स्थित हैं एक ओर ब्यास तथा रावी हैं दूसरी ओर चनाब नदी हैं सिरमौर की कौन सी सर्वोच्च चोटी मध्य हिमालय में स्थित हैं चूड़धार चोटी तीन मीटर जिसकी हाइट है सिरमौर की सर्वोच्च चोटी भी हैं किस श्रेणी में अजीवाश्मीय अवसाद स्थित हैं मध्य हिमालय की श्रेणियों में धौलाधार तथा पीर पंजाल दियो टिब्बा तथा इंद्रासन पर्वत किन किस किसणी में स्थित है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। किस स्थान पर धौलाधार और पीर पंजाल एक दूसरे को छूती हैं? ये बड़ा बंगाल है यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणिया एक दूसरे को छूती है एशिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है और कहाँ स्थित है एशिया का सबसे बड़ा हिमखंड बड़ा शिगड़ी जो है वो लाहौल स्पीति तथा कांगड़ा के मध्य स्थित हैं बड़ा बंगाल के मध्य स्थित है बड़ा बंगाल तथा छोटा बंगाल किस जिले में स्थित हैं कांगड़ा जिले में स्थित हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला छोटा बंगाल और बड़ा बंगाल को विभाजित करती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला धौलाधार की औसत ऊंचाई कितनी है और कांगड़ा में कितनी है धौलाधार की औसत ऊंचाई जो है वो 4,550 मीटर हैं जबकि कांगड़ा में 3,600 मीटर हैं कौन सी पर्वत चोटी धौलाधार के मेटर कहलाती हैं तीन चोटियां है। हैं मन्नू चोटी धर्मशाला में है, कैलाश चोटी और गौरीजुंदा चोटी ये धौलाधार के मेटर कहलाते हैं कौन से जिले के ऊपरी क्षेत्र धौलाधार श्रृंखला में स्थित हैं धौलाधार श्रृंखला में विशेष करके कुल्लू मंडी कांगड़ा चंबा के ऊपरी क्षेत्र जो है स्थित हैं धौलाधार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है हनुमान टिब्बा जो कि कांगड़ा में स्थित हैं और जिसकी ऊँचाई जो है 5860 मीटर है धौलाधार श्रेणी में किस खनिज की बहुतायत होती है यहाँ पर चूने का पत्थर और ग्रेनाइट का जो पत्थर हैं उसकी बहुतायत रहती है भीम घसोत्री मनक्यानी और इंद्रहार दर्रे किस श्रेणी में स्थित हैं ये धौलाधार में स्थित हैं छोबिया मणि महेश दागनी धार दराती दर्रे ये पीर पंजाल में स्थित हैं बृहद हिमालय में प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग पड़ता है बृहद हिमालय में हिमाचल का बत्तीस भाग स्थित हैं वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई 4,500 मीटर से 7,000 मीटर के मध्य है वृद्ध हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है जांचकर श्रृंखला है जांचकर श्रेणी हिमाचल के किन जिलों से होकर के गुजरती है किन्नौर लाहौल स्पीति और चंबा कौन सी श्रेणी हिमाचल को तिब्बत तथा चीन से अलग करती हैं ये यहाँ पर जांचकर श्रेणी है जो कि हिमाचल को तिब्बत तथा चीन से अलग करती है हिमाचल हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक हिमखंड है रियोप्रजियाल शिपकी मानेरंग मुरकिला परांगला, चुरहा पांगी रानीसो कांगला बरालचा पिन पार्वती दर्रे किस भाग में स्थित हैं? ये हिमाचल के वृद्ध हिमालय में स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल की पूर्वतम श्रृंखला है जांजकर पर्वत श्रेणी हिमाचल की कौन सी सर्वोच्च चोटी वृद्ध हिमालय में स्थित हैं शिला जिसकी ऊंचाई सात हज़ार छब्बीस मीटर है जो कि किन्नौर में स्थित हैं गैटे हिक्किम किब्बर तंगयुंग चांगो किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित हैं ये जांचकर पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित हैं किस स्थान को हिमाचल का शीत रेगिस्तान या कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है काजाकोव जो कि लाहौल स्पीति में स्थित हैं हिमालय की किन दो नदी तंत्रों को जल प्रदान करते हैं गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र लेह लद्दाख को कौन सी श्रृंखला चंबा से अलग करती है जानकर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च 10 चोटियां हिमालय के किस भाग में स्थित हैं वृद्ध हिमालय में स्थित हैं हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड बड़ा शिगरी किस जिले और किस प्रवत श्रृंखला पर स्थित हैं ये जासकर प्रवत श्रृंखला पर स्थित हैं लाहौल स्पीति में स्थित हैं हिमालय का कौन सा भाग सबसे प्राचीन भाग हैं अल्पाइन खंड कहा जाता है ट्रांस हिमालय कहा जाता है ये सबसे प्राचीन भाग हिमाचल के किन ज़िलों में क्षेत्र ट्रांस हिमालय पड़ता है या हिमाचल के किन ज़िलों में ट्रांस हिमालय स्थित हैं सिर्फ लाहौल स्पीति का क्षेत्र है और किन्नौर का जो कुछ क्षेत्र हैं ये ट्रास हिमालय में पड़ता है अल्पाइन खंड में पड़ता है हिमालय के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं है यह ट्रांस हिमालय अल्पाइन खंड है जहाँ की मानसून की पहुंच नहीं है कौन सी पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग अल्पाइन खंड को छूता है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग अल्पाइन खंड को छूता है